सभी सम्मानित दर्शकों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष पे दिनांक 6 मई 2019 का दैनिक राशिफल कैसा होगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना है प्रार्थना करना है कि जैसा कि 6 मई है और लखनऊ से हम संबंध रखते हैं तो आज आप सभी लोगों से अपील है कि जितने भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग आज वोटिंग जरूर करिए और जो लोकतंत्र का ये महापर्व है इसमें आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए सरकार इतने मेहनत से चुनाव आयोग इतने मेहनत से इतने परिश्रम से जो है चुनाव आयोजन कराती है और अपने मताधिकार का अमूल्य उठ का आप लोग आज प्रयोग जरूर करिए क्योंकि जब आप लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे तभी ए, हमारे पार्लियामेंट में सही लोग पहुंच पाएंगे तो घरों से बाहर निकलिए थोड़ा धूप है मानते हैं सब कुछ है लेकिन सबसे पहले राष्ट्रो सर्व सर्वोपरि तो राष्ट्र प्रथम होना चाहिए तो प्लीज आप लोग निकलिए और वोट करिए दर्शकों अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं राशिफल के जस्ट बाद आप लोग जो है जुड़े रहिए और तब तक हम राशिफल बता रहे हैं राशिफल के तुरंत बाद लाइव सेशन लेंगे उसमें ढेर सारे जितने भी आप लोग फोन करेंगे हम सबके फोन लेंगे तो चलिए राशिफल पर दृष्टि डाल लेते हैं प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामीण सेवा एवं व्यवहार के नाम राशि प्रधान प्रधानोत्तम जन्म राशि न चिंतित विवाहित सर्व मांगल्य यात्रा एम ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधान प्रधानोत्तम नाम राशि न ना चिंतित तो शास्त्रों के अनुसार ये राशिफल हमारा जन्म राशि के आधार पर आधारित है तो छे मई दो दिन सोमवार रहेगा विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर चल रहा है सख नामक संवत्सर है उत्तरायण है बसंत ऋतु है बैसाख मास है शुक्ल पक्ष है और जो आज जो तिथि रहेगी ये द्वितीय तिथि रहेगी रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा कृतिका योग रहे सौभाग उसको शोभन योग करण करण फिर फिर अंतिम सूर्योदय सूर्यास्त की बात करते हैं तो देखिए दर्शकों सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर इकतालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा पचपन मिनट पर और तो तो तो राहु काल की बात कर लेते हैं कि आज का राहु काल क्या रहेगा तो सुबह सात बजकर चौदह मिनट से आठ बजकर अः राहुल से नहीं करना होगा अभिजीत का समय ग्यारह से बारह बजकर चालीस मिनट तक की, मिन की। दिशा सूल की बात करें तो सोमवार दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर बिल्कुल भी यात्रा मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कि दरपड़ देख करके यात्रा करिए और मिश्री और दही खा करके तब यात्रा करिएगा ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या कहती है सूर्यदेव उच्च के हैं मेष राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रदेव उच्च के हैं वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल और चंद्र का महालक्ष्मी योग वृषभ राशि में बन रहा है मंगल भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध मेष राशि में है इस समय मार्गी है और अस्त हैं क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए तो सूर्य के साथ जो प्लानिट बैठते हैं देखिए पंद्रह अंश के प्रभाव में वो अस्त हो जाते हैं गुरु वृश्चिक राशि में है शुक्र मीन राशि में है शनि धनु राशि में राहु और केतु क्रमश अपने उच्च राशि मिथुन और धनु राशि में गोचर कर रहे हैं संचरण कर रहे हैं तो चलिए दर्शकों अब बढ़ते हैं राशिफल और मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और आप लोग अभी जब भी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा हम तुरंत लाइव सेशन लेंगे राशिफल बताने के बाद तो आप लोग जो है जुड़े रहिए और अभी हमने फोन ऑन नहीं किया है तो सभी दर्शक हमारे जुड़े रहिए और थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो आप लोग राशिफल का आनंद लीजिए तत्पश्चात फिर हम आप लोगों की कुंडली पर आज चर्चा करेंगे और काफी देर तक आपसे बात करेंगे फोन वगैरह हमने फुल चार्ज किया है राशि के जात आज का दिन मिला फल देने वाला है दिन के आरंभ में थोड़ा आलस्य रहेगा आज किसी से बात विवाद होता हुआ जो है दिख रहा है अधूरे कार्यो को पूर्ण करने की चिंता रहने से कार्यो में निष्ठा में आज लगे रहिएगा लाभ ये शाम तक को इंतजार करना पड़ेगा सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्यवाही भी मध्याहन बाद तक लंबित रहेगी शाम के आसपास गति आने की इसमें पूर्ण सफलता आपको मिलेगी आज व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा और उपाय क्या करना रहेगा देखिए सोमवार दिन रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज दूध का दान धर्मस्थान स्थान पर आप लोग करिए और जल का अधिक से अधिक सेवन करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा आठ वृषभ राशि तो आज का दिन आपके लिए कुछ राहत लेकर के आया है वृषभ राशि के जात आज बयानबाजी से बचिएगा और आवेश को अपने नियंत्रण में रखिएगा कार्य पर आज लोग आपसे जो है उलझ सकते हैं तो इसकी अनदेखी करके अपने काम से काम रखिएगा आगे बढ़िएगा प्रयास करने पर आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी धन लाभ दोपहर के बाद होता हुआ दिख रहा है महिलाओं का बर्ताव आज जो है कुछ आपके दिल को चोट पहुंचाएगा घर में बात विवाद हो सकती है जीवन साथी के साथ या आपके जो प्रेम संबंध जिससे चल रहे उनसे बात विवाद होता हुआ दिख रहा है और आज घर में भी कुछ विवाद का माहौल रहेगा आप लोगों को सावधान रहना है उपाय क्या करना रहेगा सूर्यदेव के प्राथा काल उठ करके दर्शन करिए और आपके घर में जितने बड़े हैं माता है पिता है बड़े भाई हैं, बहन है चाचा चाची जो भी हैं, सबके पैर छुकर के आशीर्वाद दीजिए जब आप झुकेंगे चरणों में तो विवाद की संभावना ही नहीं रहेगी और दूसरा प्रयोग ये करना है कि आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि सफेद मिठाई कोई ले लीजिएगा मिश्री ले लीजिएगा इसको आपको छोटे बच्चों को या गरीबों में बांटना रहेगा कन्याओं में बांट सकते हैं और शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए व्हाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक दो रहेगा हमारी मिथुन राशि के लिए सितारे क्या कह रहे हैं तो मिथुन राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए घरेलू एवं आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा भरा रहेगा परिवार में आज किसी ना किसी कारण से खींचाता बनी कि भाई बंधुओं का मनमुटाव महिलाओं के व्यवहार को भी आज प्रभावित करेगा कार्य क्षेत्र पर आज इसका असर आपको देखने को मिलेगा धन के मामले में आज आपको निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है और आज क्रोध को में रखना बहुत आवश्यक है अन्यथा आज आप अपना नुकसान करते हुए नजर आ रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मिथुन राशि के जाते जातकों को तो मिथुन राशि के जातकों आज शिव चालीसा का पाठ करिए और हो सके तो आज भोलेनाथ पर और स्पेशल यदि आपके घर में पारस शिवलिंग है तो उस जल आप लोग जरूर रखेंगे। छोड़कर शेष दिन आशा के अनुकूल रहेगा दिन के आरंभ में घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनों के कारण दुविधा रहेगी परंतु शीघ्र ही आज आपकी स्थिति स्पष्ट होने से सही दिशा में आगे चलने लगेंगे धन संबंधी आज लाभ होता हुआ दिख रहा है क्योंकि चंद्र मंगल का ये जो महालक्ष्मी योग बन रहा है इससे आज आपको गवर्नमेंट से कोई इनकम प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है या सैलरी में कोई इंक्रीमेंट आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है जोखिम से आज आपको बचना रहेगा वाहन आप लोगों को सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा स्त्री वर्ग से आज आर्थिक मामलों में आपको मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी झूठ बोलने से आज आपको बचना है शारीरिक दर्द एवं आज आपको इन्फेक्शन सर्दी जुखान हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप आप सूर्य देव को को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र की की बार आप लोगों को जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो वाइट आपका भी रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच शुभ रहेगा देखिए व्हाइट कलर आज कई लोगों का मेष से लेकर जो है शुभ है तो आप लोग इस परिधान का आप लोग जरूर करिएगा कैसा रहेगा आज आज आज का दिन तो आज आपके अधिकांश कार्य बिना मेहनत किए सरलता से बनते चले जाएंगे आपको आज आज आज जिस जगह से हानि की उम्मीद रहेगी वहां से भी आज आप लाभ खींच करके लाएंगे इसके साथ साथ दर्शकों आज, आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है बेरोजगार लोग कोई नई नौकरी आज ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे और आज आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनेंगे ठंडे पदार्थों के सेवन से आज आपको बचना रहेगा आज आपके पिता को लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उच्चाधिकारियों से संबंध बहुत मधुर आपके रहेंगे कुछ नए टास्क आज आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सिंह राशि के जातकों को सिंह राशि के जातकों कोशिश कीजिए कि आज आप गाय को रोटी में घी लगा करके तक खिलाइए और थोड़ा उसमें चीनी या मिश्री लगा दीजिएगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए रेड कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो दो नंबर आपका शुभ रहेगा कन्या राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो कन्या राशि के जातकों सितारे कह रहे हैं कि आज का दिन आज प्रातः काल से परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत रहेगी आप किसी की परेशानी देख करके देखिए कन्या राशि के जो जातक होते हैं इनका दिल बहुत जल्दी रुकता है तो आज आप किसी की परेशानी देख नहीं सकते हैं उनकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे महत्वपूर्ण कार्यो को आज प्राथमिकता से निपटाने का प्रयास करिएगा और आज महिलाएं धन को लेकर के परेशान होती हुई नजर आएंगी सेहत कुछ डाउन जो है आज रहेगी और संतानों का उत्पाती व्यवहार आज रहेगा संतान आपके कहे में नहीं रहेंगे इसके साथ आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आज आपका व्यापार भी अच्छा ग्रो करेगा और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में कहीं धन लगाए हैं तो आपको लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है कन्या राशि के जात क्या उपाय करें तो आज कोशिश कीजिएगा की आज आप लोग रुद्राष्टक का पाठ करिए और ओम नम शिवाय मंत्र की एक माला का आप जरूर करिए। शुभ शुभ कलर कलर की की आपके बात करते हैं तो ग्रीन कलर है। अंक की बात करते करते हैं हैं तो तो ग्रीन है। है। अंक नंबर तुला जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसी में विलंब रहेगा फिर भी प्रयास करना ना छोड़े दिन भर की मेहनत का फल शाम के समय ही सही परंतु आवश्यकता दिन भर की मेहनत का फल आज आपको शाम को प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आज व्यवसाय में सहयोगियों की आपको कमी कुछ महसूस होती हुई नजर आएगी घर के कार्य भी बिखरे रहेंगे आ, नौकरी वाले जातकों एवं बुजुर्गों से कोई हानि होने की संभावना है प्रत्येक तो कार्यों को आज कोशिश कीजिए कि प्लान के तहत ही निपटाइए और आज अपनी संतानों पर आप तुला राशि के जो जातक है अंकुश लगाइए अन्यथाबाद में बड़ा पछताना पड़ेगा शाम के बाद स्थिति सामान्य रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तुला राशि के जातकों आज सूर्यदेव के आप लोग दर्शन करिए और हो सके तो आज आप लोग जाइए शिव मंदिर में और दूध से अभिषेक करिए भगवान भोलेनाथ को शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो वाइट है शुभ अंक की बात करते हैं तो सात है वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन वृश्चिक राष्ट्र जात को आज का दिन प्रत्येक कार्य से आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है आज प्रातः काल से यात्राओं का योग है आज, आज आपको धन लाभ के साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी महिलाएं आज किसी शुभ समाचार मिलने से आनंदित रहेंगी बेरोजगार लोग आजोत्साहित मत होइएगा कोई ना कोई रोजगार आज, आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और आज कुछ ऐसे संबंध आपके लोगों के साथ बनेंगे की भविष्य में आपको ये मान के चलिए कि उनसे कुछ आपको लाभ ही होगा जिनसे आज आपके बनेंगे स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा आलस्य के कारण आज नींद आने की बीमारी से आप ग्रस्त रहते हुए नजर आएंगे करना क्या रहेगा उपाय क्या करना रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को वृश्चिक राशि के जातकों सूर्य देव के दर्शन करिए आदित्य हृदय का पाठ करिए और नहाने वाले जल में हल्दी डाल करके स्नान करिए शुभ कलर की बात करते हैं तो आज आपका भगवा कलर शुभ रहेगा।, तो रहेगा।, रहेगा आज का दिन सोमवार का दिन धनुराशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा तो धनुराश के जातको आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले दिनों की अपेक्षा से बेहतर रहेगा दिन का आरंभिक भाग्य किसी से किया गया वादा उसको पूर्ण करने में जाएगा परिणाम भी लेंगे कोई रिजल्ट आने वाला तो आपके पक्ष में आएगा और नौकरी वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी व्यवसायी रहेंगे बढ़ेगी सरकारी कार्यो में आज व्यवधान आएंगे कल पर कोई कार्य मत छोड़िएगा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और शरीर आज आपका कुछ शिथिलता रहेगी शरीर में व्यवसायी वर्ग आज यात्राओं पर जा सकते हैं और इन यात्राओं से इनको लाभ होगा उपाय क्या करना रहेगा देखिए आज यात्राओं पर निकलने से पहले हल्दी की गाठ अपने पॉकेट में रख लीजिएगा तब लीजिएगा दूसरा जल का अधिक से अधिक सेवन आपको करना रहेगा और तीसरा दूध ले लीजिएगा दूध का तिलक आज आप लोग मस्तक पर लगाइएगा यही आज आप लोगों को कार्य करना है धनुराशि के जातको आपके लिए शुभ कलर रहेगा येलो शुभ अंक रहेगा आज के लिए चार बढ़ते हैं मकर राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आप लोग दर्शकों देखिए गुजरात में हमसे मिल सकते हैं 18 मई से लेकर के 23 मई तक तो जो भी गुजरात के दर्शक हैं वो लोग मिलना मत भूलिए और आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट अब बुक करा लीजिए तो मकर राशि के जातको आज के दिन आज आपका व्यवहार विवेकपूर्ण रहेगा अपने प्रत्येक कार्य को लेकर गंभीर रहेंगे आज लाभ के अवसर आपको कम मिलेंगे और जो मिलेंगे उनसे असानुकूल लाभ नहीं उठा पाएंगे आज आपके गंभीर व्यक्तित्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा हास्य परिहास का आज आप कारण बनते हुए नजर आएंगे आज आपके जो है क्या कहते हैं हाँ आज आप स्वार्थवस्थ कोई काम करे रहेंगे आज अपने स्वार्थ सिद्ध की भावना से आप किसी से बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे शाम के समय से कहीं अकस्मा की प्राप्ति हो सकती है बुजुर्ग आज आपके पक्ष में रहेंगे अपने खान पान पर संयम रखना है वहां सावधानी पूर्वक चलाइएगा यात्राओं में बचिएगा अन्यथा कोई सामान वगैरह आपका लगेज आज कोई गोल कर देगा चोरी कर देगा उपाय क्या करना रहेगा मकर राशि के जातकों को मकर राशि के जातकों आज कोशिश कीजिए कि पका हुआ भोजन ये आप करीब बच्चों को कराइए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज व्हाइट कलर आपका भी शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो सात नंबर आपका शुभ अंक रहेगा आज देखिए अधिकतर राशि वाले के लोगों का व्हाइट कलर शुभ है तो व्हाइट कलर का ही आप कुछ पहनिए यदि व्हाइट नहीं पहन पहन पा रहे तो व्हाइट रूम आप लोग अपनी जेब में जरूर रखिए तो जातक पकाते हुए नजर आएंगे बड़ी काल्पनिक दुनिया में कुंभ राशि के जातक आज रहेंगे और आज हर कार्यो में इनके विलंब आती हुई दिख रही है किसी से किया गया वादा आज सही समय पर पूर्ण न करने पर कुछ आपको आज हो सकता है खड़ी कोटी सुनाने सुनने को मिले धन लाभ के लिए आज जोड़ तोड़ वाली थी, अपना नहीं थी पड़ेगी और आज आशा के आपको धल्लाब नहीं आ, के आपको मिलेगा शाम समय किसी कार्य पर्ची द्वारा अकस्मत धन मिलने से खर्च निकल जाएंगे नौकरी वाले लोग अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में व्यस्त रहेंगे किसी अन्य के हिस्से का कार्य आज, आज आपको करना पड़ेगा उच्च अधिकारियों से आज कुछ बात विवाद संभव दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी उपाय क्या करना रहेगा कुंभ राशि के जातकों को कोशिश करके आज आप आप लोग जल में गंगा जल में तिल डालिए और उसको आप लोगों को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना रहेगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए शुभ कलर की बात करें तो ब्राउन शुभ अंक की बात करें तो चार अंतिम राशि पर आगे चलें और दर्शकों आप लोग तुरंत अभी बस ये राशिफल जैसे इंड होगा पांच मिनट के अंदर हम फिर लाइव आएंगे और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम आप लोगों के कॉल लेंगे और आप लोगों से बात करेंगे आप लोगों की कुंडली फ्री में देखेंगे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेंगे हफ्ते में एक हफ्ते में एक दिन क्या जब हम लाईवाते हैं तब लेते हैं मतलब फ्री में सेवा देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है पैसे की कोई हमारे जीवन में जो है प्राथमिकता नहीं है और जो लोग हमसे आके मिलते हैं वो लोग भी भली जानते हैं मीन राशि के जात को आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा दिन के मध्यान तक सभी कार्य निर्भिघ्न चलते रहेंगे परंतु इसके बाद कार्यों में विघ्न आने शुरू हो जाएंगे अति कार्य मध्यान तक पूर्ण कर लीजिएगा नए अनुबंध मिलने में उलझने आएंगे मिलेंगे आज व्यवसायी वर्ग जोखिम ना ले अन्य दिक्कत हो सकती है हानि हो सकती है नए व्यापार का आरंभ फिलहाल स्थगित कर दीजिएगा और सरकारी कार्य भी कागजी कार्यवाही पूर्ण न होने की वजह से आज अधूरे होते हुए नजर आएंगे घर का तक शांत रहेगा महिलाओं को आज यात्राओं का भी देखिए योग बन रहा है एक हल्दी की गाठ रख लीजिएगा दूसरा आज कोशिश कीजिए कि गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए आपके आपके मार्ग में जो विघ्न आ रहा है इसको सिर्फ एक ही लोग दूर करेंगे और वो है गणपति देव तो गणपति देव की आराधना करिए गणपति या थरुस का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर की बात करते हैं तो आज के लिए वाइट रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो आपके लिए छह नंबर सर्वथा शुभ रहेगा तो ये तो था से के मीन तक का आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सऐप फेसबुक के आप लोग तमाम बहुत बड़े बड़े एडमिट हैं तो इस वीडियो का लिंक ही आप लोग अपने फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अब अभी हम जा रहे हैं लाइव होने तो आप लोग बने रहिएगा और अपने ए, क्या कहते हैं जो भी जानने वाले हैं परेशान चल रहे हैं देखिए अपना भला तो सब करते हैं लेकिन जो दूसरों का भला करें वही मानव है तो जो भी आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं कोई यदि परेशानी आ रही है तो आप उनको ये नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपना नंबर इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा महिलाएं नहीं टाइप करेंगी जो महिलाएं होंगी वो अपने भाई का या अपने पिताजी का नंबर यहाँ पर या अपने हस्बैंड का नंबर टाइप करेंगी प्लीज आप लोग अपना नंबर मत टाइप करिएगा अन्यथा फिर आप लोगों की जिम्मेदारी और हाँ फिर से आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर दीजिए और वोट करने के बाद जो हमारा व्हाट्सएप ये दोनों नंबर है इस पर आप लोग जरूर पिक भेजिए और हम आपके क्वेश्चन का एक जवाब जरूर देंगे दीजिए इजाजत प्रोग्राम को देखा तब तक, तक के लिए